आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद मतलब से आप घर बैठे महीने के बीस हजार रूपए तक कमा सकते हैं जी हाँ इसके बहुत सारी वेबसाइट के यहाँ पे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे करना चाहिए दोस्तों एंड फैमिली में आपके लिंक के थ्रू यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की सेल होगी तो आपको हर एक सेल पे यहाँ पे फिफ्टीन टू ट्वेंटी तक का प्रॉफिट मिलेगा एंड फ्रेंड्स इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे आप रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कैसे यहाँ पे लिंक्स शेयर कर सकते हैं एंड कैसे यहाँ पे पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं सारी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए हमारे अपडेट पाने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है नई है ओपन करने के बाद अकाउंट करना है इसमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स करनी है तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना फोन नंबर यहाँ पे एंट करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ई एड्रेस एंटर करना है जिस ई मेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं उसके बाद आपको अपने पासवर्ड बना लेना है एंड देन यहाँ पे अपने यहाँ पे पे फोन नंबर नंबर एंटर करना है जिस से आप तो अकाउंट बनने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनके लिंक कर सकते हैं प्रॉफिट मिलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ सारे पॉपुलर वेबसाइट मिल जाते हैं जिनके लिंक्स को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे लाइए पार्टनर का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट के प्रोडक्ट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं उन सबसाइट की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी एंड आप यहाँ पे ये यह देख सकते हैं कि उस वेबसाइट के प्रोडक्ट के लिंक शेयर करने के बाद अगर आप उसे शेयर करवाते हैं तो आपको उसपे कितना प्रॉफिट मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ड है अगर आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के लिंक को अगर आप शेयर करते हैं एंड आपके लिंक के थ्रू यहाँ पे कोई भी सेल होती है तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट के तरफ से यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पे ऐसे अगर आप निद्रा के प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करके अगर आप उसे सेल करवाते हैं तो आपको एट पॉइंट फाइव तक का प्रोफिट मिलेगा ऐसे आर जो पे एक परसेंट का बिग बाजार पे 8 परसेंट का ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाते हैं जिनके प्रोडक्ट के लिंक्स को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को सेल करवा के यहाँ पे अच्छा कर सकता यहाँ पे कमा सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ आप की आप यहाँ पे प्रोडक्ट के लिंक्स को कैसे यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या अपने दोस्तों को कैसे शेयर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेसरी इलेक्ट्रॉनिक्स नाइन फैशन और भी बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं तो आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के, तो के यहाँ पे प्रोडक्ट के लिंक्स को आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है तो मैं एग्जाम्पल के इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते यहाँ पे इसके पावर बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी पावर बैंक है अलग अलग वेबसाइट है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पावर बैंक है पहला प्रोडक्ट यहाँ पे टाटा क्लिक पे पावर बैंक मिल रहा है एंड उसका जो प्राइस है वो है फोर आप इसके लिंक को यहाँ पे शेयर करते हैं और आपके लिंक जब यहाँ पे कोई भी सेल होती है तो आपको यहाँ पे हर एक सेल पे यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 110 हंड्रेड का ऐसे आप यहाँ पे बाकी सारे प्रोडक्ट के यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हम बताते हैं यहाँ पे हेडफोन यहाँ पेलेक्ट पे करता हूँ तो देख सकते हैं जितने भी हेडफोन है अलग अलग वेबसाइट पे वो सारे आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हेडफोन जो प्राइस है वो है थ्री हंड्रेड का अगर आप इसे यहाँ पे शेयर करवाते हैं तो आपको यहाँ पे ट्वेंटी रूपीज का यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा हर एक सेल पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे अब बताता हूँ तो जैसे कि यहाँ पेडफोन फो, है जैसे कि आप हाँ पे देख सकते हैं जिसका प्राइस इलेवन हंड्रेड नाइन रुपीज का तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल फिफ्टी एट रुपीज हर एक सेल पे तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिंक को यहाँ पे शेयर करके दिखाता सकता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेट लिंक इस प्रोडक्ट आपके यहाँ पे कॉपी हो चुकी है आप इसे चाहे तो कल तभी भेज सकते हैं अपने हिसाब से तो अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप शेयर करना है तो आपको साइड ना का ऑप्शन मिल जाता है इस पे आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आपको यहाँ पेक्ट करने के किस किस को आपको यहाँ पे लिंक सेंड करनी है सेलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे से वहाँ पे शाम कर देना तो हम इसे यहाँ पे सेंड कर देते हैं जैसे सेंड करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे सेंड हो जाएगा एंड उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेंड हो जाएगा एंड आखिर में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपकी आखिर के अब सामने वाला अगर आपके इस आखिर से यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदता है तो आपको यहाँ पे उसका जो भी प्रोफिट कमीशन होगा वो आपके एंड करो वॉलेट में आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं एंड करो से एंड यहाँ पे आप लिंक शेयर करके यहाँ पे आपको पैसे कमा सकते हैं प्रॉफिट कमा सकते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से आपको बहुत सारे कटेगरीज आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं लिंक्स आप यहाँ पे पे शेयर कर सकते हैं। ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट्स मिल जाते हैं जिनके प्रोडक्ट के लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे किसी और वेबसाइट के प्रोडक्ट आके लिंक बनानी है आमतौर पर तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं तो तो यहाँ पे आपको करना है आपको सिंपली यहाँ पे उस वेबसाइट को ओपन करना है तो जैसे की मैंने यहाँ पे फ्लिपकारोडक्ट तो तो की, की लिंक को कॉपी करना होगा तो हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट की लिंक को कॉपी कर लेते हैं सिंपली मैं यहाँ शेयर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड इस प्रोडक्ट की लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे वापस आशन पे आ जाना एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मेल इसका ऑप्शन है आपको क्लिक करना है जो प्रोडक्टी की तैयार हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुकी है एन करो पे शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ एंड इस तरह व्हाट्सअप पे, लिंक यहाँ पे आपको यहाँ पे शेयर कर देना है तो हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सामने वाला अगर आप आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पेगा की ओपन पे हो, पे पे, पे हो चुका है खरीदेगा आपके लिंक के थ्रू तो आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा आपके एन करो के वॉलेट में तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के प्रोडक्ट की लिंक एन करो के बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे एन करो पे यहाँ पे शेयर करके यहाँ पे आप तो पैसे कमा सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितना है उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आपको माईअर्स का ऑप्शन मिलता है इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी यहाँ पे जब आप यह आपके ₹10 हो जाएंगे आपके आर्म के वॉलेट में तब आपको यहाँ पे अपने, ए, बैंक करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपने जो आर्मिन है ट्रांसफर ले, तो ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पे दूसरा तरीका होता है राफर का तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है माई राफर का इसका आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राफर आर्म का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी राफर लिंक आपको मिल जाती है तब आपको आपको इस रेफर अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स को, को यहाँ पे शेयर करना है एंड जबकि आपकी रेफरल लिंक से यहाँ पे सामने वाला है डाउनलोड करेगा एंड यहाँ पे अपना अकाउंट बना के यहाँ पे जब वो पैसे कमाएगा तो कमाए उसके हर एक प्रॉफिट का आपको टेन परसेंट का यहाँ पे आपको, आपको कमीशन मिलेगा एंड इस तरह से आप यहाँ पे रेफर करके भी इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अकाउंट सेटिंग आ जाती जा है तो आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज का ऑप्शन मिल जाता है तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे बात कर सकते हैं या फिर आप इनके हेल्थ सपोर्ट से यहाँ पे आपको मदद भी ले सकते हैं एंड आखिर आपको यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे ऑल करो से यहाँ पे आप प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करके यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई